Fuck boy! <laughs> Idea! Birthday! What the fuck? What the fuck is that? A few moments later. 12 seconds later enemy spotted aa gayi aa gayi maal aa gaya aa gaya aa gaya patience सवाल लग गया जे हाँ? <laughs> हम समझ गए पूरा गेम समझ गए हम कौन हो फिर की ले रहा है <laughs> ए, चिपका लिखे हाल बाहर निकल ओके okay. भाई देखो अपने क्या करता है चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू नो भाई अरे हम तो फकीर आदमी है चोला लेके चल पड़ेगा <laughs> Chalo bhai What? Tu hai kaun re Bhai log tension lene ga bhai Ja le go 2000 years later <gasps> Oh now you fucked up Oh, I'm your nala. Hey, hey. Madrigal. Rukho. Oh. Ah, uh, what the fuck? रूप Snack. आज मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं चलो चलो चलो वाह क्या सीन है वह क्या सीन है आएंगे आलो ले लो। अभी हम जिंदा हैं Just wait Here we go Hey <protrude> hey it's me chill chill <ippersENNIS> Oh boy hey hey Are you going very havasur re ha lo Iska maan nahi seekhi nahi shaurik santulan bigad gaya अंजले? बहुत तेज है <laughs> <laughs> so, रुको जरा सबर करो मी शर्म है कुछ कुछ शर्म आया है फगड़ी nope. थे uh -oh. आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथा थोड़ा सा मार दीजिए मार दीजिए <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>